पकोमरो नाचसोफे म्यूजिक बाय अखिलेश सिन्हा नाचसोफे का मरिया हो तनी डीजे पकोमरो हिला लहो नाचसोफे का मरिया हो तनी डीजे पकोमरो हिला लहो नाचसोफे का मरिया हो हाते लेई के कहो रसुलो हो ये वो चल सुन करी टी जे पक महिलाच सह फेक मरियानि पक महिला का मरिया हो जो लहा जस मे छोड़ के आब आनी तो जा के पढ़ जा न बढ़ा भाई छोड़ी छोड़ के, के भाई तोनी जाके पढ़ावो पढ़ाओ से डोले पबाय रखिया हो तोनी पको मरो हिला लो। ना हो हो ती डी जे पक महिला चो भे कमिया हो तो मरो रहा, हो। डिजिटल स्टूडियो सुन लोहे राजो जाता राजे नहा चू जाता रही टहडोम प्रकाश का ला जाता आ गहन सहर बेटी री छोड़ी चला सहरिया हो हो तनी टीचे पको मो रहिला लो नाचो सभे कावरिया हो तनी टीचे पको मो रहिला लो नाचो सभे कावरिया हो इमेज डिजिटल